चलिए शुरू करते हैं बहुत बड़ा वाला तो मैं वो दिखाऊंगी अभी आप लोगों को रुक रुक जाओ रुक जाओ। करवा दो दो। लड़की लड़की पटाने का कोई तरीका बता दो। एक भी लड़की भाव नहीं दे रही। देता तो बोलकर चली जाती है। देखो पहले आप मतलब वो लड़की से बात करो। ओके। बायो पर्सनालिटी। ओके। फिर uh, मैंने कभी लड़की पटाई नहीं अपने लाइफ में तो मुझसे क्या पूछ रहे हो आप बड़े <laughs> ओके okay. लड़का तो पटाया होगा मैंने किस कोई लड़के को नहीं पटाया कभी भी क्या लग रहा है ऐसे ही सेक्सी लग रहा था बट बेसिकली बीजेम के स्किल्स एकदम ऊपर रखो पट जाएगी सारी लड़कियां उसको गेमर बना दो यार <laughs> और उसके साथ वन वी वन करो फुल okay, okay. <laughs> इतने गौर से देखना चाहते हो आप लोग मुझे <laughs> discussion comment box में दिया है। टूट गया क्या नहीं नहीं, जो चश्मा मैंने अपने पास थैंक यू सो मच फॉर 100 सोच चैट लड़की पटाने के टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो प्लीज अब सिंगल रहा नहीं जाता देखो भाई बाबू बाबू यार यानी कितनी दूसरे बाबू सुनो पहली बात तो मैंने ही नहीं है तो मैं लड़की पटा रही होते तो मैं एक बार सोच के बता भी देती मैं लड़की कैसे बताऊं यार ऐसे ही लड़का तो पटाया होगा प्लीज बता दो अच्छा तुम तो मतलब तुम अब लड़के नहीं मिल तो तुम अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो तो तुम गे बनने को तैयार हो अब तुम लड़का पटा सकते हो मतलब तो है। क्या बोल रही। ब्रो। uh, एक मिनट एक मिनट भाई हेलो अनोखा ज्ञान <laughs> बहुत अच्छी कैसे बेबी बोलने वाली चाहिए लड़की पटाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो प्लीज अब सिंगल रहा नहीं जाता आए मतलब नया लाइक लॉकडाउन लगने वाला है वापस से तो एकदम से देखो फुल टू प्लानिंग चल रही है अभी से yes! यार <laughs> मैं क्या से बता दो तुम्हें ऐसे ही क्या मत पटाओ मैं सीरियसली मैं एकदम एकदम फ्यूचर प्लानिंग बता रही हूं, मत लॉकडाउन तो निकल जाएगा बट लॉकडाउन के बाद क्या होगा फिर समझ रहे हो कैलेंडर रह जाओगे तुम बात है मारा तो होगा भी नहीं भी होगा तो मैं बेबी तो नहीं बुला रही तुम्हें तुम्हें अगर तुमने पूछा है तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हें मिल जाएगी टिप्स की ज़रूरत तुम बोलो किसी को फट से फट जाएगी अच्छा तो गाय एक काम करता है पहले ये फॉर्मूला इसी पर ट्राई करते हैं देखते हैं फटेगी या फिर नहीं ऐसा तो लगता है मेरे को ना इतनी इज्जत की तो फिर रिश्ता पक्का तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं